विश्व में कबीर पंथियों का बड़ा जोर है सूरत में अंदर कबीर पंथियों के बहुत से मंदिर मठ हैं और सेवा केंद्र चलते हैं निर्मूल्य भोजन कराते हैं और ये जो जोवृद्ध साधु महाराज हैं वो मठाधीश हैं और उनकी आयु 99 निन्यानवे वर्ष कर रही है निन्यानवे वर्ष पूरे करके 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं वो मेरे पास में आए और उन्होंने एक अभिलाषा व्यक्त की कि मुझे मशीन लगाने के बाद में भी नहीं सुनता बेटा क्या मुझे सुनवा दोगे मैंने कहा दादा हम एक घंटे में आपको सुनवा देंगे तो हंसने लगे बोला सचमुच करवा देंगे तो हमने कहा हथकन को आरसी के आप करवाइए तो हमने इनके बिना मशीन बिना ऑपरेशन के हमारी जो कान में डालने की दवाई खाने की दवाइयों से प्रयोग किया और दादा एक घंटे में ही मात्र सुनने लगे सुनने के बाद में उन्होंने जो आशीर्वाद दिए वो यह है और उन्होंने न केवल सुना बढ़िया प्रतिक्रिया की और प्रसाद खिलाया और यह कहा कि संसार के अंदर जो काम युगों से मनुष्य जाति तब से उत्पन्न हुई है तब से आज तक बहरेपन की ट्रीटमेंट कहीं किसी ने नहीं की नहीं सफल हुई है पर तुम्हारी बड़ी सरल चिकित्सा पद्धति में एक घंटे में मुझे अब मशीन लगाए बिना भी मैं बढ़िया से सुन सकता हूँ इसलिए डॉक्टर प्रवीण सोराने ने कहा कि अब मशीन की आवश्यकता नहीं है दादा बिना मशीन के सुनिए वातावरण इतना सुंदर बन गया था उन्होंने द्रव्य लेने का आग्रह किया पर डॉक्टर साहब ने कहा प्रवीण बहनी अन्य डॉक्टरों ने, ने कि दादा आपका मूल्य नहीं है आपको तो हम विशेष सेवा देना चाहते हैं इसी चीज़ के बहुत भाव भी गया था वातावरण और ये संसार के लिए ऐसा प्रयोग हम लोग पहले प्रवीण सुराना केंद्र के अंदर डेप्टॉर सेंटर के अंदर सैकड़ों पेशेंटों पर हो चुका था इसलिए हमारे लिए नई बात नहीं थी पर वहाँ के सूरत के लिए बहुत नई बात थी ठीक करना आशीर्वाद लेना फिर उनसे बुलवाना सौ वर्ष के आयुष के लोगों को यह बताना कि बहरापन अब कोई संसार में रोग जैसा नहीं है और इसके प्रचार प्रसार करना ये अपने आप में बहुत कठिन कार्य था इसलिए हमने वीडियो विश्व के कल्याण के लिए और जनता को विश्वास दिलाने के लिए रखा है यह सत्य है उनके फ़ोन नंबर एड्रेस सब कुछ मिलेंगे खूब खूब आभार आपका धन्यवाद